मैसेज करता है मुंबई से दिल्ली मिलने के लिए तू मेरे पास तो से करने के लिए तेरे मैनेजर मेरे को पे सर बोल के बात पे सर बोल के बात क्या करते थे इंस्टाग्राम पे तू गिड़गिड़ाने लग गया था सर प्लीज मेरे को आपके साथ तो तो है तो डर उसके बाद केले के पेड़ में जाकर फांसी लगा दूंगा याकि तेरी वीडियो दोबारा कभी आए तो मैं देखूँ ना क्यूँकी तू बहुत गंदा लगता है बाल हिला ऐसी बातें करता है ये पसंद करने बताओ पब्लिक को अब से एक साल पहले इक्कीस नवम्बर दो हजार इक्कीस को तूने मेरा रोबोट बना के मेरे नाम पे व्यूज खाए थे उससे पहले तेरी तुम्हें खा रहा है अगर बड़े यूट्यूबर का नाम ना। तो नाम हैं तेरा चैनल चले ना साला बातें बोल रहा रहा है है? कि मेरा लेके व्यूज व्यूज खा खा गए, गए तू क्या तो तो भाई भाई, कर बाय बाय टाटा इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार मुझे नहीं पता मुझे दो मिलियन लाइक चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए इतना जिला में कभी